आज रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है पहला रोज़ा है और हम लोग इस बाबरकत और मुक़दस महीने में आ चुके हैं अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला हम लोगों को खैरियत के साथ आफ़ियत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ हम लोगों को ये महीना गुजारने वाला बना है ये माह महीना ये रमज़ानमबारक का महीना बहुत ही मुक़दस है और अहतराम वाला है इस महीने की आज़मत को समझाने के लिए सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि की एक हदीस काफ़ी है कहते हैं कि रम़ानलमक़द्दस का महीना ये वो महीना है कि अगर इसकी आज़मत का पता चल जाए तो लोग तमन्ना करेंगे कि ये महीना पूरे साल रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि सम की हदीस है कि पता चल जाए लोगों को रमज़ान है क्या तो वो तमन्ना करेंगे कि काश पूरे साल रमज़ान का मही रमज़ान रहे तो ये इसकी अहमियत है लेकिन रमजान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है तो हमें दो काम ये करना है और हमारी पिछले हफ्ते में भी बातचीत अभी रह गई थी लेकिन हमें रमजान मुबारक के महीने में दो काम ज़्यादा करना है सबसे पहले तो हमें खूब इबादतें करना है खूब दिलोजान के साथ अल्लाह को मनाना है अल्ला को राज़ी करना है और अपनी मफ़रत करवाना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन बद दुआओं पर आमीन कह रहे थे उसमें पहला ये था कि जब अलैहि सलाम दुआ कर रहे थे हलाक हो जा वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया फिर भी वो अपने रब को राज़ी न करवा सका तो बहरहाल हमें ये महीना मिला है अपने आप को बख्शवाएँ अपने रब को राज़ी करें इस माह मुकदस में हम जो भी इबादतें करते हैं वो ज़्यादातर उसके दाम बढ़े हुए हैं उसका सवाब ज़्यादा ही मिलता है तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस महीने की आज़मत को बरकरार रखना है और वैसे भी हम पूरे साल में इबादतें तो कर ही नहीं पाते हैं तो मुबारक में भरपूर इबादतें करें तराबी भी पढ़ें और उसके साथ साथ में तहजद भी पढ़ें और साथ साथ में तमाम इबादतें भी पूरी होती रहें और दूसरी चीज़ वो बड़ी अहम है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सखावत करते ही करते थे ख़ूब ज़्यादा खर्च करती खर्च कर किया करते थे लेकिन रमजान मुबारक में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे तो मेरे भाई हमें रमज़ानमबारक में ख़ूब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है अपने पैसों को खर्च करना है अल्लाह की ऱा में और ये समझना है कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है बल्कि इन पैसों को अपने आखिरत के लिए जमा करना है बहुत ज़्यादा ग़रीब गरबा लोगों का ख़्याल रखना है इसी सिलसिले में बात हो रही थी जकवात की कि जिन लोगों के पास साढ़े सात तोला या साढ़े बावन तोला या इसकी कीमत है या कुछ भी है माल तिजारत है उनके पास जो भी कुछ भी है इसके बक़द्र रुपया है जो कि आज के टाइम में इतना रुपया बन रहा है चौंतीस या करीब पैंतीस या उसके आसपास 40,000 मान लीजिए अगर इतना रुपया है या इसका माल है कुछ भी है इसके बराबर तो मेरा भाई हमें ज़कवात देना ज़रूरी है 25% हमें फिर इसकी निकालना ज़रूरी है लेकिन वही एक दर्द है जो हमारा रह गया था कि जो है जिस तरह हम रमज़ानमबारक में मुबारक के बाद नमाज लोग दस पढ़ते हैं इसी तरह आज लोग ज़कवा़त भी दस ही दे रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जकवात बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। अगर जकवात निकाली जाए हमारे इंडिया में जितने मुसलमान हैं तो अल्लाह का शुक्र हो जाएगा कि हमारे यहाँ कोई भी फिर ग़र्बत वाला नहीं रहेगा इतनी गरीबी नहीं रहेगी जिस हिसाब से आज गरीबी है इसकी मेन वजह यही है कि हम अपनी ज़ातों को नहीं दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च नहीं कर रहे हैं हम ये दिल लगा बैठे हैं कि ये पैसा ही सब कुछ है बताओ अच्छा है। आपको पैसा तो ऊपर ले जा सकता है लेकिन क्या आप इन पैसों को ऊपर ले जा सकते हैं जी बिल्कुल नहीं तो मेरे भाई हमें अपने पैसों को ख़र्च करना है ग़रीब गरबा लोगों में बांटना है अपने इलमा और मुफ्तिया कराम से मसाइल पूछना है और इन पैसों को अपने ग़रीब ग लोगों को बाँटना है हमने बता दिया था कि ज़कवा़त का मस्तह कौन है रिश्तेदार में जो सबसे ज़्यादा अफजल जो सबसे ज़्यादा जो आपका ग़रीब है उसको ज़क़़त दें लेकिन बहरहाल ज़क़ात ऐसे भी ना दें कि वो खा कमा रहा हो फिर भी दे दें पूरी कंडीशन देख लें किस तरीके से हमें ज़क़त देना है या ऐसा ही मसला है जैसे हम कोई हमसे उधार करता है तो हम उसका बाकायदा पूरा एड्रेस लेते हैं सब कुछ पता करते हैं तभी सब कुछ देते हैं तो बिल्कुल एक ही बंदे को ज़क़ात ना दें कि वो इतना मालदार हो जाए कि खुद भी वो जकवात देने वाला बन जाए तो इसलिए एक बंदे को बिल्कुल बिल्कुल भी जक़ात ना दें थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों में बांटते रहें और ख़ूब इसमें जो है अपनी ज़िद्द जहद करें कोशिश करें कि हमें वो आदमी मिल जाए सही आदमी मिल जाए सही पैसा जगह हमारा लग जाए उसके तो लिए हमने बता दिया था कि आजकल देखो हमारा खूब रुपया खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा रुपया खर्च हो रहा है लेकिन अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल एक रुपया नहीं खर्च हो रहा एक पैसा भी नहीं ख़र्च हो रहा अभी बताओ हमारे यहाँ मोहल्ले में अगर किसी की शादी हो जाए तो बताओ कितना रुपया खर्च होता बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि अगर ये बताया जाए खाली जो एक मंगनी होती है उसमें जितना रुपया खर्च होता है हो सकता है उसका ही उतना पैसा किसी गरीब के घर का एक राशन आ सकता है महीने भर का लेकिन हम बिला वजह के कामों में खर्च करते हैं ये बताने के लिए कि देखो हमसे बड़ा कोई पठान नहीं है हमसे बड़ा कोई खा नहीं है लेकिन मेरे भाई बहरहाल अल्लाह के नज़दीक कोई ख़ान या कोई अंसारी कुछ नहीं चलता है उसके यहाँ तो सिर्फ यही है कि वो देखता है कि हमारे यहाँ जो है अल्लाह का जो तकबे वाला कौन है सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला कौन है उसके यहाँ ये इंसान देखा जाता है तो बहरहाल हमारा पैसा बहुत रुपया खर... बहुत ख़र्च हो जाता है उल्टे सीधे कामों में तो हमें कुछ इन्हीं पैसों को बचाना है बचाने के साथ साथ में ग़रीब गरबा लोगों का ख्याल रखना है देखो इबादतें करना बहुत आसान है अभी अगर हम आपसे कहें नमाज पढ़ लो बहुत आसान है रोज़े रख लो बहुत आसान है और क्या कहते हैं कुछ भी कर लो जो भी इबादतें बहुत आसान है लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए इन पैसों को खर्च करना ये बहुत मुश्किल काम है क्यों इन पैसों से हमारा दिल लगा हुआ है हमने दुनिया में बहुत से इंसान देखे जो बायदा तस्बी लिए रहते हैं हर वक्त मुतकी व परहेजगा और खूब रात भर इबादतें भी करते रहते हैं सब कुछ करते रहते हैं लेकिन उनके दिल से जो एक चीज़ नहीं निकली ना वो दुनिया की मोहब्बत नहीं निकली दुनिया की मोहब्बत ने ही उनको अंधा बना दिया तो मेरे भाई ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि हम इबादतें तो करते रहें सब कुछ कर रहे हो लेकिन अपने इन पैसों को अल्लाह के लिए ना ख़र्च कर रहे हो ना बता रहे हो कि देख अल्लाह कि हम इन पैसों से नहीं मोहब्बत कर रहे बल्कि हम तो तुझसे तेरी रजा के लिए इन पैसों को खर्च कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग देखे हमने तो इसलिए मेरे भाई इन पैसों को खर्च करना है बहुत ज़्यादा खर्च करना है अल्लाह ने जहाँ जहाँ भी अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान करी है ईमान वालों की अल्लीन मिनुन बबलब जो कल हमने एक तरबी में आयत पढ़ी थी अल्लीन मीनू नबिलब ईमान वाले वो हैं जो क्या कहते हैं ग़ैब पर ईमान रखते हैं अल्लीन यकीनून सलाह और नमाज को अदा करते हैं वहीन जकॉ और ज़क़ात को देते हैं ये ईमान वालों की सिफत है तो अल्लाह ने जहाँ जहाँ नमाज का तस्करा का और इबादतों का तस्करा करा वहीं साथ साथ में ज़क़़त का भी तस्करा करा तो इसलिए मेरे भाई बहुत अहमियत है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की और इसलिए भी ख़र्च करा जाता है इन पैसों को देखो जब हम से जब हमें किसी से मोहब्बत होती है हम पैसे खर्च करते हैं उसको खुश करने के लिए खर्च करते हैं ये समझा जाएगा ना लेकिन जो इंसान पैसे खर्च कर रहा होता है वो ये समझता है कि इन पैसों को हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि ये साबित करना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं तो बहरहाल इसी तरीके से मेरे भाई अल्लाह के लिए अल्लाह के वास्ते इन पैसों को खूब खर्च करना है अगर मैं एक वाक़ा आप लोगों को सुना दूँ तो इन शाही अच्छा होगा जो एक कब्र के आदाब का एक अजीब वाक़ है अलामा जहबी रे लिखा है के अलावा यूसुफ़ फ़रियाबी अलैह अपने साथियों के साथ अबू सिनान रहमतुल्लाह रहमतल्ल्ला की जियारत के लिए गए अबू अबूसनीान ने फरमाया चलो हमारे पड़ोसी के भाई का इंतकाल हो गया उनकी ताज़ियत करिए है कहते हैं कि जब उस पड़ोसी के पास गए तो देखा कि बहुत रो रहा है और हमारी ताज़ियत को भी कबूल नहीं करता कहते हैं कि हमने कहा क्या तू जानता नहीं है कि मौत के बगैर चारा नहीं है वो जो बुज़ुर्ग लोग गए थे वो जो जिस बंदे से मिलने गए थे उनके पड़ोसी के भाई का इंतकाल हो गया वो रो रहा था उनसे पूछा कि मौत हर किसी को आनी है तू तो क्यों इतना रो रहा है तो वो कहने लगा हाँ जानता हूँ मगर मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरा भाई सुबह और शाम आजाब में मब्तला है हमने पूछा तुझको कैसे मालूम हुआ कि वो आजाब में मुबला है उसने कहा नहीं लेकिन जब मैंने मेरे भाई को दफन किया जब हमने अपने भाई को दफन कर दिया और उस पर मिट्टी हमवार कर दी और लोग चले गए तो मैंने कब्र से अचानक एक आवाज़ सुनी कि आह मुझको उन्होंने तन्हा बिठा दिया मैं आदाब का अंदाजा करूं मैं तो नमाज पढ़ता था रोज़े रखता था सब इबादतें करता था ये सुनकर मुझको भी रोना आ गया मैंने उसके कब्र से मिट्टी हटाई तो देखा कि कब्र आग के शोलो भड़का जा रही है और मेरे भाई के गले में आग का तोक है भाई की मोहब्बत ने मुझे उबारा और मैंने उसकी गर्दन से तोक़ उतारने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो मेरे हाथ भी जल गए मोहम्मद बिन यूसफ़ फरमाते हैं कि हमने कि उसने हमको अपना हाथ दिखाया कि वो जलकर काला हो गया फिर उसने कहा कि अब मैं इस हाल पर हूँ क्यों ना गम करूँ और ऐसे क्यों ना रोँ मोहम्मद फ़रियाबी रहमतुल्लाह आल कहते हैं कि हमने पूछा कि तुम्हारे भाई का ऐसा अमल क्या था क्या काम ऐसा करता था जो इतन, उसे इतनी सख्त सज़ा मिल रही है तो उन्होंने फरमाया कि वो अपने माल की जकवात नहीं देता था तो मेरा भाई सोचो कितना अजीब वाकया है कि वो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि अपने मालों की ज़क़त देकर अपने पैसों को सेफ़ कर लो सिक्योर कर लो इसी तरीके से जो शख्स अपने मालों की जकवात नहीं निकालेगा कल क़ियामत के दिन अल्लाह ती माल सोने और जो चांदी है इनको पिघला कल वो क़ियामत के दिन उसके गले में सांप की तरीके से आ जाएगा और वो उसे डसेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ मैं तेरी जक़ात हूँ तो इसलिए मेरे भाई अब आप सोच रहे हूँ कि अल्लाह ऐसा तो नहीं कर सकता है सोने चांदी को वहाँ वो सांप की शक्ल में बना दे तो बहरहाल मेरे भाई अल्लाह है वो सब कुछ करके दिखा देगा अभी आप 22 मार्च में देख लें कोहरा कट गया तो ये कोई कम बात है बहुत बड़ी बात है तो इसलिए यह ना सोचें कि ये सब नहीं हो सकता वो रब्बालमीन है उसके हाथ में हर एक, एक चीज़ है तो इसलिए दुआ करो मेरे भाई अल्लाह ताला हम लोगों को खूब खर्च करने वाला बनाएँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए जिन लोगों की सुनतें रह गई वो पलने लें